कुछ लोग टूट कर चाहते हैं कुछ लोग चाह कर टूट जाते हैं हमें तुमसे मोहब्बत है कितनी आओ आज तुम्हें ये बताते हैं सुना है प्यार में मुश्किल नहीं कुछ भी सुना है प्यार में मुश्किल नहीं कुछ भी चलो समंदर में आग लगाकर आजमाते चांद को भी मिल गई चांदनी चांद को भी मिल गई चांदनी अब सितारों का क्या होगा अगर मोहब्बत एक से ही कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा जब हमें धोखा मिला प्यार में जब हमें धोखा मिला प्यार में तो जीवन में उदासी छा गई सोचा था छोड़ देंगे इस रास्ते को पर मोहल्ले में दूसरी आ